एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस लर्निंग चैनल पे पीएमआर स्मार्ट लर्निंग में तो आज मैं आपके लिए इंग्लिश की टेस्ट नंबर थ्री लेकर आया हूँ स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो चलिए शुरू करते है आज का ये वीडियो तो फर्स्ट क्वेश्चन है डेवलप अ स्टोरी विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग बिगिनिंग सजेस्ट अटेबल टाइटल यहाँ पे ये क्वेश्चन फोर मार्क के लिए है तो यहाँ पे हमें बिगिनिंग दी गई है वंस देयर वॉज अ पुअर बॉय हीज नेम वॉज दिनेश ही हैड नो इतनी हमें बिगिनिंग दी है और आगे की जो हमें स्टोरी बनानी है वो हमें मन से बनानी है और इसको एक टाइटल भी देना है तो ये स्टोरी कुछ इस प्रकार बनाई है मैंने देखिए I am read kar raha once there was a poor boy his name was Dinesh he had no parents he used to be very sad but he was very smart loyal and very hard working he used to work in a small garage one day a person forgot his bag in uh, the garage next day he came in search of his bag Dinesh quickly returned the bag to the person because of Dinesh loyalty That person offered him a good job. Dinesh accepted the job and worked hard and बिकम a good citizen. Moral: Loyalty always matters. और इसको हमने टाइटल भी दिया गया है इसका टाइटल दिया है मैंने लॉयल्टी आगे क्वेश्चन नंबर टू है Observe the picture and write down what the children are doing. तो इस पिक्चर में हमें यहाँ पर एक गार्डन जैसा पिक्चर दिखाई गई है तो यहाँ पे बहुत सारे चिल्ड्रन से वो, और वो क्या कर रहे हैं वो हमें बताना है तो इसका आंसर ये रहेगा रहेगाइंग फुटबॉल इज ड्रॉइंग अ पिक्चर अ बॉय इज सेट डाउन द ट्री एंड रीडिंग अ बुक अ गर्ल इज स्विंग अ बॉय इज ऑब्जर्विंग समथिंग विथ बायनोकुलर्स तो ये है इस पिक्चर का हालचाल चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री ए है डू एज डायरेक्टेड आइडेंटिफाई अ कोटेशन एंड एडोमैटिक एक्सप्रेशन फ्रॉम द बिलो सेंटेंस एंड राइट डाउन पहला है पुल योर सेल्फ टूगेदर और सेकंड है लिव एज इफ यू हेयर टू डाई टूमारो तो इसका आंसर होगा ये फर्स्ट का होगा एडोमैटिक एक्सप्रेशन और सेकेंड का होगा कोटेशन अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी राइट अ डायलॉग बिटवीन यू एंड योर मदर अबाउट मेकिंग टी तो इसका आंसर ये रहेगा चलिए दोस्तों वैसे भी आखिरी टेस्ट है इंग्लिश की तो इसे थोड़ा जल्दी जल्दी निपटा देते हैं आगे देखते हो क्वेश्चन नंबर फोर ए रीड द पैसेज केयरफुली एंड पैराफेज द अंडरलाइन वर्ड लाइस फ्रेजेज तो मैं रीड कर रहा हूँ पैरासेज यहाँ पे आई लाइक द पोएम फॉर द वेरी रीजन दैट एनी वन एल्स वुड लाइक इट फॉर इट्स यूमर आई ऑल्सो लाइक द पोएम बिकॉज द पोएट बैलेंस इज द एक्सेग्रेशन विद सेम दन्वेंसिंग लॉजिक तो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड्स है जो डार्कन भी किए गए हैं तो उसकी जगह हमें दूसरे वर्ड्स लिखने हैं सेम मीनिंग वाले तो इसका आंसर ये आएगा तो पहला जो अंडरलाइन वर्ड है उसके जगह पे आएगा ओवर स्टेटमेंट और दूसरा जो अंडरलाइन वाला है कन्वेंसिंग उसके जगह पे आए परस्यू आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीन भी ले सकते हैं चलिए बढ़ते है आगे आगे है बी डू एज डायरेक्टेड फर्स्ट इफ़ यू स्टडी रेगुलरली यू विल गेट गुड मार्क्स और है डे आ दे टर्न देजेस विच वेयर येल्लो एंड क्रिंकी तो इन दोनों सेंटेंस में हमें क्या करना है नीचे दिया गया है नीचे दिए गए हैं अंडरलाइन द सबॉर्डिनेट क्लॉजस इन बोथ द सेंटेंसेस एंड नेम डेम तो इसके आंसर कुछ इस प्रकार होंगे पहले का है इफ़ यू स्टडी रेगुलरली ये है सबॉर्डिनेट एडवर्क क्लॉज और सेकेंड में विच वेयर येल्लो एंड क्रिंकी है सबॉर्डिनेट एक्जेक्टिव क्लॉज तो चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है मैथलिड सॉ सम ब्रैकलेट्स तो इसमें चेंज इनटू पैसिव पैसि वॉइस इस सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो पैसिव वॉइस में कुछ ऐसा होगा सम प्रैकलेट्स वे सीन बाय मैथलिड और तो सेकेंड है द स्टोरी वाज टोल्ड बाय द राइटर तो इसमें है चेंज इंटू एक्टिव वॉइस तो इसका आंसर आएगा राइटर Told the story. तो चलिए आगे का क्वेश्चन रखते हैं ये पेपर ज़्यादा बड़ा नहीं है फ्रेंड्स छोटा ही है स्टूडेंट्स देख लीजिए आगे का क्वेश्चन है uh, Third, she likes to sing songs. Underline the infinitive. तो यहाँ पे infinitive होगा to sing. And second है playing violin is the best hobby. तो यहाँ पे underline करना है आपको जेरन को underline the जेरन बताया गया है तो इसमें होगा जेरन प्लेइंग तो प्लेइंग को आपको अंडरलाइन कर देना है तो इस प्रकार हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है और स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए इससे आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स